देखूँ जब मैं खुद को देखूं तब मैं कुछ को देखूँ जब मैं खुद को देखूं तब मैं कुछ को हर जगह तू ही तू बस गया देखूं कैसे मैं खुद को खुर्दा हूँ मैं तेरे लिए खुदा है तू मेरे लिए तू है जब खुदा मेरा तो मस्जिद में खुदा कहाँ पाऊँ और प्रेम की वो निशानियाँ बताते चलूँ प्रेम कैसे होता है और कैसे वो चेहरा आपके हृदय में बच जाता है तब कहता हूँ ध्यान दीजिएगा शायद अपने जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ लाइनें मैं आपको सौंप रहा हूँ कि तेरे चेहरे पे खसी है तेरे चेहरे पे ख़सी है उस हँसी को दिल में बसाया है तेरी आँखों में एक चमक है उस पे खुद को लुटाया है तेरे चेहरे पे ख़सी है उस हँसी को दिल में बसाया है तेरी आँखों में एक चमक है उस पे खुद को लुटाया है ये मुझे मालूम नहीं तो खुदा है कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं तो खुदा है कि नहीं हमने तुझे अपना खुदा बनाया है और कई बार ऐसा होता है कि बातचीत कम है मेल मिलाप कम है लोग उसे जुदाई और बेवफाई कहते हैं अगर जवाब मैंने ठीक ठीक पढ़ दिया हो आप सारे लोग प्रेम के करने वाले लोग बैठे हों अगर मैंने जवाब सही पढ़ दिया हो तो मुझे शाबाशी मिले कि मेरे तेरेज शब्दों की दूरी है मेरे तेरेज शब्दों की दूरी है एहसासों को हमने भी दबाया है मेरे तवीस शब्दों की दूरी है अहसासों को हमने भी दबाया है लोगों ने इस दूरी को गम जुदाई और बेवफाई बताया है लोगों ने इस दूरी को गम जुदाई और बेवफाई बताया है पर हकीकत तो यह है तू तब न मुझसे जुदा था तू अब न, न मुझसे जुदा है पर हकीकत तो यह है तू तब न मुझसे जुदा था तो अब न मुझसे जुदा है तो तब न बे था तो अब न बेवफा है तब भी मेरा खुदा था तो अब भी मेरा खुदा है तो तब भी भी मेरा था। तो मेरा खुदा खुदा था, अब है, और नजरें प्यार मोहब्बत के किस्सों में तब पढ़ता हूँ घर हो तेरी आंखें तो कह देना आंसुओं को बहाकर घर हो तेरी आंखें तो कह देना आंसुओं को बहाकर कहेंगी ये कुछ यूं हकीकत को सजा हर आई हो तेरी आँखें तो कह देना आंसू को बहाकर कहेंगी ये कुछ यूँ हकीकत को सजाकर कर तो तेरे मेरे बीच कोई भेद न रह पाएगा तो तेरे मेरे बीच कोई भेद न रह पाएगा इंसान भी खुदा खुदा भी इंसान नजर आएगा बस